जाने कहा से बादल चले आए जाने कहाँ से बादल चले आए बारिश की शक्ल में यादों का घर ले आए पिए क्या याद है तुम्हें वो पहली बारिश का भीगना पिए क्या याद है तुम्हें वो पहली बारिश का भीगना वो तुम्हारा और हमारा साथ साथ छीखना पिए क्या याद है तुम्हें तुम्हारे हाथों से छाते का छूटना पिए क्या याद है तुम्हें तुम्हारे हाथों से छाते का छूटना प्रिये क्या याद है तुम्हें तुम्हारे चप्पल का टूटना यिए क्या याद है तुम्हें तुम्हारे हाथों से छाते का छूटना यिए क्या याद है तुम्हें तुम्हारे चप्पल का टूटना प्रिय याद है क्या तुम्हें वो गोलगप्पों का खाना प्रिय क्या याद है तुम्हें वो गोलगप्पों का खाना प्रिय क्या याद है तुम्हें भीगती हुई बारिश में आइसक्रीम दुकान पर जाना े क्या याद है तुम्हें वो पहली बारिश वाली रात पिए क्या याद है तुम्हें वो पहली बारिश वाली रात पिए क्या याद है तुम्हें वो हमारी जवानी की गहर वाली रात पिए क्या याद है तुम्हें वो पहली बारिश वाली रात पिए क्या याद है तुम्हें वो जवानी की कहर वाली रात पिए क्या याद है तुम्हें यू हमसे तुम्हारा निपट जाना ये क्या याद है तुम्हें यू हमसे तुम्हारा निपट जाना ये क्या याद है तुम्हें सारा लाज वहीं छूट जाना ये क्या याद है तुम्हें हमारा एक हो जाना ये ये क्या क्या याद याद है है तुम्हें तुम्हें यू हमारा एक हो जाना और ये क्या याद है तुम्हें हमारे मोबाइल काने कहा से बादल चले आए बारिश की बूंदों के संग यादों का घर ले आए ये क्या याद है तुम्हें पहली बारिश वाली रात ये क्या याद है तुम्हें वो जवानी चहरे वाली रात